जय हिंद नमस्ते जय माता दी और जय भारत उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हों अच्छी एनर्जी में हों और अच्छा महसूस कर रहे हों और एक बार फिर आज हम कुछ अलग ही बात करने वाले हैं और मुझे लगता है कि सुशांत हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं बिफोर uh, हम टॉपिक पे आए और टॉपिक की बात करें आई नो रिकनेक्ट हुआ इंटरनेट में कुछ दिक्कत है बट आई कैन सी सेवन सेवन सो पहले एक बार देख लेते हैं इफ सुशांत टू कनेक्ट और सी एनी थिंग और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सो लेट मी सी थैंक यू खुशबू क्या है this is a communication card wow this basically says Communication कम्युनिकेशन अबाउट जस्टिस कीप यउंडेड अपने आप को ग्राउंडेड रखिए बैलेंस रखिए और uh, कुछ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग आपकी तरफ आने वाली है और उसमें ग्राउंडेड एनर्जी और बैलेंस्ड एनर्जी बहुत काम आने वाली है और सेकेंड कार्ड में यहाँ पर मुझे हाई क्विन ऑफ वांस दिख रही है विथ लोअ ऑफ सीक्रेट जो उसने छिपा के रखे हैं एंड क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ट है it looks like he wants to connect, so let me just ask him once again and see what the messages are okay um shanti wanted to connect and give a message giving king once and crystal hai do abhi sushant ne indicate kiya hai let's see what we have so patience preparation and patience beautiful message now it's literally Saying that time for patience to pay off and time for completions for the world. Ham definitely March's month. In me, some very strong actions or some very strong things are going to happen. And he's indicating already that that have patience. lot of things are going to come to light bahut sare cheeze jo hain wo roshni mein ayengi justice hai celebration ki energy hai aur celebration bina unke to ho nahi sakta hai and this is where he is or um definitely some some good energy some good communications some powerful communications some powerful messages that are coming our way okay so let me just uh, see if he has anything else to say and uh, king of pentacles King of Pentacle, there is an arrest एक और जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है because there is a heartbreak there देर तो मतलब लिटरली एनर्जी uh, लग रही है दैट ही इज़ इंडिकेटिंग दैट जो अरेस्ट अभी हुआ है इट इज़ um, क्योंकि अभी तो सिसोदिया ही अंदर गया है आई थिंक और तो कोई भी नहीं गया राइट तो जो अरेस्ट अभी हुआ है दैट नॉट द वन दैट ही वॉज इंडिकेटिंग he he is saying that there is something more that is going to come to light कुछ और है जो रोशनी में आने वाला है और um, जिसकी preparation जो है वो चल रही है so this is not like Like literally that energy where um, something more is coming कमिंग आर वे तो कुछ कुछ बहुत स्ट्रोंग um, जो है वो um, आने वाला है कुछ और बहुत बड़ा आने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक इलेवन इलेवन राइट एम्प्रेस रिलेटेड टू अ वेरी पावरफुल लेडी और ये अरेस्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर तो यहाँ पर कुछ बहुत जबरदस्त आने वाला है अंजुमन वॉन्स मोर ये yes. so, यहाँ पर हिम अगेन सो आई विल स्टॉप योर एंड विल कम टू द टॉपिक मेरे को आज टीम पे करना था आई आई फोकॉट मुझे कमेंट्स जो है ईजी होते दिखाना ओके सो कमिंग टू द टॉपिक हाँ अभी थ्रेलर शुरू हुआ है पिक्चर अभी बाकी है सो कमिंग टू द टॉपिक वट इज इट दैट यू हेट राइट अब मैंने बोला is he, that's what he made me राइट right. Perfect is he. तो so, सबसे पहले तो if do you think Sushant is perfect, right? What is your definition of perfection and do you think Sushant is perfect? Second, um, कौन सी ऐसी चीज है जो जो आप अपने बारे में या मे बी सुशांत से रिलेटेड विच यू रियली like जो आपको एकदम भड़का देती है गुस्सा दिला देती है परेशान कर देती है या um, कहीं इरिटेट um, कर देती है सो टू क्वेश्चन डैट आई हैव फॉर यू गाइज और डेट ही हैज फॉर यू गाइज फर्स्ट क्वेश्चन डू यू थिंक सुशांत इज परफेक्ट एंड वट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन क्या आप सोचते हो कि सुशांत परफेक्ट है आपकी डेफिनेशन क्या है परफेक्शन की और uh, दूसरा कौन सी ऐसी चीज है अपने बारे में जिससे आप नफरत करते हो या जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको गुस्सा दिलाती है चाहे वो सुशांत के बारे में हो चाहे अपने बारे में हो ओके यू थिंक सुशांत इज परफेक्ट ओके यस आई आई गॉट वन आई ए वन यस ओके सो मैं एंड इट इज आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और मैंने मैं क्यों ये टॉपिक पे आई I कैन आई विल टेल यू दैट ऑल्सो मैं सुशांत से पूछ रही थी कि मैं शिव वाला वोट डाल दूँ एंड ही गेम ही लाइक मैंने फ़ोन पर गाने लगाए हुए थे एंड ही गेम ही Like an ंग जो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर गई कि टॉपिक क्या है क्या बोलना है आई थिंक नथिंग इज परफेक्ट डी आई थिंक लर्निंग एंड हीजिंग वेरी वेरी राइट ओके सो वैन यू मैं आपको बताती हूँ क्या होता है वैन यू सी समबड़ी एज परफेक्ट राइट जब आप नो वन इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी डी एवरी वन इज लर्निंग एब्सोल्यूटली ही इज हेडिंग टूवर्ड्स परफेक्शन विद हिज लर्निंग ओके हिज र्यूमर्स अबाउट एक्टर एंड फॉल्स स्टोरीज ओके सो आपको किससे किस करते हो जो कहानियां आती हैं लाइक किसी ने बोल दिया कि सुशांत ड्रगिस्ट है किसी ने बोल दिया कि सुशांत ने ये किया है किसी ने बोल दिया सुशांत ने वो किया है और फिर आपको गुस्सा आता है आप परेशान होते हो होता है ऐसा ही इज़ नॉट परफेक्ट ही इज योर टू लर्न हिज लेसन एज वेल से जब हम किसी को आई आई विल टेन यू वाई दिस टॉपिक वाई ही स्पोक अबाउट इट बिकॉज अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाहर निकल के आने वाली हैं विच विल नॉट फिट इन योर कैटेगरी ऑफ परफेक्शन राइट आपका जो जो आपका एक क्राइटेरिया है या जो आपका फ्रेमवर्क है परफेक्शन का ऐसा बहुत कुछ अब होने वाला है जो उस उस क्राइटेरिया में और उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं आने वाला है मैन यू सी समबड़ी एज़ परफेक्ट या जब आप किसी को परफेक्ट बोलते हो यू पुट लॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डैट पर्सन आप उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भार डाल देते हो बिकॉज क्योंकि उसको फिर हर चीज़ में अपने आप को वैसे ही दिखाना होता है उसको अपने आप को हर चीज़ में वैसे ही प्रोजेक्ट करना होता है बट What he says is नोबडी इज परफेक्ट वी आर ऑल इवोल्विंग हम हम हम सब हम सब जो हैं वो इवोल्व हो रहे हैं हम सब जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं हम सब जो हैं वो लर्निंग्स के लिए आए हैं और हम सब जो हैं वो लर्न कर रहे हैं राइट सो और सरजना भी बोल रहे जब सुशांत से रिलेटेड कोई गलत न्यूज़ आती है तो बहुत गुस्सा आता है That's where तुम लोग फुली सरेंडर में हो के नहीं हम लोगों ने फुलिस किया है या नहीं हम कौन सी एनर्जी में फ्लो कर रहे हैं अगर सुशांत के लिए कोई कुछ बुरा बोलता है या अगर सुशांत के लिए कोई कुछ गलत बोलता है या कोई बोलता है सुशांत ड्रग्स लेते थे या कोई बोलता है कि सुशांत um, कुछ um, उनके लिंकअप्स थे या जो भी बोलता है राइट right? um, uh, जो जो भी बोलता है नाउ अगर आपको गुस्सा आता है uh, अगर यस हिट इज़ अ बिग वर्ड पंखड़ी बट दैट्स वेयर पीप बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा राइट right? बहुत सारे लोग बोलते हैं आई हेट दिस हिट दैट और ये समझना बहुत जरूरी है दैट हिट इज अ वेरी बिग वर्ड एब्सोल्यूटली एंड जब आपको गुस्सा आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में डाल के देखते हो राइट right? सो uh, बेसिकली so आप सुशांत uh, so को एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में डाल के देखते हो आप उसको कलकी की तरह देखते हो आप उसको भगवान की तरह देखते हो हम सब देखते हैं राइट भगवान की तरह कलकी की तरह लेकिन यस yes, हम यही मैं बोलने वाली थी कॉरेबी एब्सोल्यूटली दैट इवन गॉड इज़ नॉट परफेक्ट राइट श्री राम जब आए तो उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ की और बहुत सारी गलतियों से बहुत कुछ सीखा बहुत सारे गलत डिसीजन लिए uh, जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए बहुत सारे ऐसे लिए जो शायद उनको नहीं करने चाहिए थे वैसे ही जब बुद्धा आए तो भी ऐसा ही हुआ और उससे पहले भी भी अवतार, आ, भी भी जितने जितने आए हैं हैं, या भगवान वो हुआक्ट नहीं है नोबडी इज इन दैट परफेक्ट एनर्जी राइट हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इवॉल्व हो रहा है अभी या जो जिसमें लर्निंग चल रही है अभी जब परफेक्शन हो जाएगी तो अर्थ की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आ, सारी जर्नी ही वही है मूविंग टू वर्ड्स दैट परफेक्शन तो इसलिए वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड और हम में से बहुत लोगों ने यहाँ बोला दैट सुशांत ये परफेक्ट सो वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज नो बड़ी इज परफेक्ट कोई परफेक्ट नहीं है सब लर्निंग में है सब गलती करते हैं सब um, उस गलती से सीखते हैं हो सकता है सुशांत ने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ हो सकता है मैंने अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारी गलतियाँ क्यों हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ क्यों हो सकता है हर एक अगर इवन हम अपने बड़े से बड़े लीडर्स को देखें मोदी जी को देखें बहुत सारे इम्परफेक्शन्स इंप, रही हैं बहुत सारी गलतियाँ रही हैं उनकी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में सबके रहती हैं परफेक्शन आप उसको बोलते हो जो इवॉल्वमेंट होती रहती है जहां पर हर एक इंसान जो है वो अपनी पिछली गलती को दोहराता नहीं है उससे सीखता है आगे बढ़ता है और पिछली गलती को दोहराता नहीं है दैट्स व्हेन आप धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उस लर्निंग की सीढ़ी को चढ़ते जाते हो तो अगर कोई भी इंसान आपके आसपास इंक्लूडिंग यू इंक्लूडिंग सुशांत कोई भी इंसान ऐसा है जो अपनी पिछली गलती को नहीं दोहरा रहा नहीं कर रहा है तो आई थिंक दैट वी वी शुड लर्न टू लेट गो और उसको वो कटघरे में खड़ा करना कि तुमने ऐसा किया या तुम ऐसे होने चाहिए वो सही नहीं है सो आई थिंक वन ऑफ द रीज़न्स वाई सुशांत मेड मी पिक दिस टॉपिक नाइन इलेवन दैट अब हमें समझना पड़ेगा दैट बहुत सारी uh, चीज़ें uh, ऐसी हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होनी हैं ऐसी आनी है the more you learn the lesser you will it will take you to learn more yes absolutely and you are always ever evolving right <laughs> आप कभी भी, भी सुशांत ने एक और चीज़ बोली है कि मैं जब कुछ नया मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है लेकिन मुझे याद है उन्होंने बोला है कि जब मैं कुछ नया सीखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरा पुरानी थ्योरी कितनी गलत थी मैं जब जो मैं पहले सोचता था वो कितना गलत था राइट right? एंड्स um, that's द इनर्जी राइट कि वो वो खुद भी जानते हैं कि उन्होंने पहले जो सोचा था वो गलत है और अब जो सीखा उससे कुछ नहीं आ पता चला ये हम सब के साथ भी होता है तो so, think uh, one of the reasons why um, he's made me pick this topic is that दैट आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बातें बाहर आने वाली हैं विच यू विल हेट अबाउट हिम राइट Um, चाहे वो um, ड्रग्स को लेकर हो चाहे वो uh, किसी और डिसीजन को लेकर हो चाहे वो किसी चीज़ को लेकर हो चाहे उन्होंने जिस तरह से uh, जो भी चीज़ें की जो भी टास्क किए हो उनको लेकर हो दे माइट बी थिंग्स कमिंग आउट विच यू आर गोइंग टू हिट अबाउट हिम एंड और नॉट लाइक अबाउट हिम राइट या uh, जो uh, कोई और बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा एंड बिफोर वी रीच देयर ही वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी परफेक्ट नहीं है वो भी परफेक्ट नहीं है वो भी इवॉल्व हो रहे हैं लर्न कर रहे हैं दैट्स व्हाई ही इज हियर, और इसीलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना है दैट वी डोंट गेट इनटू जजमेंटल एनर्जी, वी डोंट गेट इनटू दैट परफेक्शन हम उस फ्रेमवर्क में डालेंगे ना उनको राइट right? और हम इस इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें कि लर्निंग um, है और उन्होंने भी पास में बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी शायद और अगर वो हैं तो डैट इज़ ओके अगर उनको लेकर कोई कुछ बुरा बोलता है या गलत बोलता है डज दैट चेंज हु ही इज नाउ थिंक अबाउट इट अगर उनके बारे में कोई बुरा बोलता है कोई गलत बोलता है क्या वो आपके मन में उनकी जो इमेज है या क्या जो आपके मन में उनकी जो इज्जत है या जो आपके मन में उनकी पोजीशन है उसको चेंज करता है नहीं करता है उसको चेंज क्या करता है जब आप उस बुरे के उस ऊपर रिएक्ट करते हो गुस्सा खाते हो इरिटेट होते हो परेशान होते हो वो उसे इमेज को चेंज करता है वो बताता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो उस इमेज के साथ जो आपने बनाई है या नहीं बनाई है अगर आपको गुस्सा नहीं आता है अगर आपको बेसलेस चीज़ों पे भी क्यों क्यों मुझा आना चाहिए मुझे बताओ क्योंकि आपको पता है वो क्या है आपकी लाइफ में इतनी तगड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग इवॉल्वमेंट हुई है वो सिर्फ उनकी वजह से हुई है आपका जीने का तरीका सोचने का तरीका हर चीज का तरीका उन्होंने बदल दिया है जब इतना सब कुछ आपको पता है तो कोई बेसलेस चीज बोल रहा है तो आपको जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है आई मैं भी देती हूँ जब प्रियंका का कोई ऐसा ट्वीट आता है या कुछ ऐसा आता है मैं भी जवाब देती हूँ जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है बट डोंट लेट दैट इम्पैक्टर एनर्जी लाइक डोंट थिंक अरे ये क्यों बो रहे हैं ऐसे इरिटेट होना गुस्सा होना परेशान होना जस्ट थिंक दैट दे आर इन दैट एनर्जी दे आर सो मतलब वो इतने uh, मैं क्या बोलूँ बेचारे हैं कि इतनी ब्यूटिफुल एनर्जी उनके आस है इतनी ब्यूटिफुल एनर्जी उनके um, साथ में रही है इतनी ब्यूटिफुल इतनी डिवाइन एनर्जी उनके बिल्कुल um, स, मतलब अप्रोच में थी देखु टच हिम देखु रियलाइज इट दैट्स वेर दैट्स वेर यू शुड फील बैड राइट आपको ये रिस्पॉन्ड डोंट रियक्ट आपको इस ये ये जो एनर्जी है ना इसमें आपको आना है दैट um, वो वो बेचारे हैं एक्चुअली कि वो सुशांत को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं या उल्टी सीधी एनर्जी में जा रहे हैं क्योंकि वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी ब्यूटीफुल और डिवाइन लाइट है वो और कैसे वो इतने ब्यूटीफुल इस जिंदगी को बदल सकती है लेकिन वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं वो रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी ही अंदर वो इतने um, मतलब दे प्रोबेबली देट दैम सेल्व सो मच दैट वो उस एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे हैं राइट एंड दिस इज वाई आपको रिएक्ट नहीं करना है रिस्पोंड आप कर सकते हो बट डोंट लेट दैट इम्पैक्ट नेगेटिव इन एनी वे किसी ने कुछ बोला देखो आपको लगता है कि आपको रिस्पोंड uh, करना है आप रिस्पोंड करो अगर लगता है नहीं रिस्पोंड करना है यूजलेस है तो छोड़ दो सोच कर और विद द ब्लेसिंग कि मे दे सी द राइट राइट मे दे अंडरस्टैंड दिस लाइट और उसके साथ में अगर आप में से किसी ने भी सुशांत को एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क uh, में डाल के रखा है तो उस फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी इन अ सर्टन वे इन सर्टन लुक इन सर्टन एनर्जी इन सर्टन क्लोथ इन सर्टन वट एवर विध सर्टन पास्ट सर्टन फ्यूचर सर्टन सर्टन एक्सपेक्टेशन तो उस उस एक्सपेक्टेशन उस फ्रेमवर्क को हटा दो एंड जस्ट से दैट he is what he is and we accept him as is vo jo hai vo hai aur hum unko bilkul as is jaise hain waise accept karte hain theek hai this is part one this is one thing that you have to do now the second part tell me if there is anything about yourself that you hate or like poorly said hate is a very big word so dislike is there anything about you yourself aapke bare mein aisa kuch है क्या जो आप आ, अपने आ, अपने बारे में जिससे आप नफरत करते हो या अपने बारे में जो आपको पसंद नहीं है यू यू डोंट लाइक दैट एनी थिंग अबाउट योर ओन सेल्फ ओके लव शांत इन एनी वे हाउ एनी वन खांड ऑन दिस सच पॉजिटिव दैट्स वट सो कमलेशट गो राइट जो नहीं समझ रहे हैं उनको रोशनी भेजो ताकि वो समझ जाए ओके खुशबू येस मोनालिसा यस नो no, हम जैसे हैं वैसे पसंद करते हैं उन्हें उन्हें नहीं अपनी बात करो अपनी अपने बारे में क्या कुछ ऐसा है जिसको आप हेट uh, करते हो या uh, जिसको आप uh, पसंद नहीं करते हो अगर है तो नाउ टेल मी वट आर यू डूइंग अबाउट इट आप क्या कर रहे हो इस बारे में वट वट वट डू यू डू अबाउट इट आप क्या करते हो उसके बारे में सो देर आर देर आर थिंग्स जो हम um, हम सब लोग अपने बारे में पसंद नहीं करते हैं या अपने बारे में हिट um, करते हैं या अपने बारे में डिसलाइक करते हैं वट डू यू डू अबाउट दैट ओके सो बेसिकली वेर आई कमिंग From and to मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ समझाना चाह रही हूँ और uh, कहाँ में आ रही हूँ इज दैट पहली एनर्जी ऑफ सेल्फ लव क्योंकि हम उस एनर्जी में जा रहे हैं सरेंडर सेल्फ लव ऑल ऑफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ये लाइफ का राइट सो एवरी थिंग एवरी थिंग अबाउट योर सेल्फ सेल्फ लव से इज You have in you. सबसे पहले अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अपनी uh, positive चीज़ें और अपने uh, weaknesses, right? उनको embrace करो सबसे पहले उनको accept करो और देखो अगर मुझे जल्दी समझ नहीं आता या मुझे मैं दूस मैं बहुत naive हूँ या मैं uh, दूसरों को um, ज़्यादा uh, इम्पोर्टेंस दे देती हूँ या मैं अपने आप को अपनी एनर्जीज को सही से नहीं रख पाती हूँ या मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है या वैसा होता है या मैं सही से कोई काम नहीं कर पाती हूँ या मैं सही से ये नहीं कर पाती हूँ या मैं फिजिकल अपेयरेंस अपनी पसंद नहीं करती हूँ वर् एवर इट इज ओके आप बोलते हो सरेंडर और जब मैं पूछती हूँ सरेंडर किया तो आप बोलते हो हाँ हमने किया लेकिन अगर आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है तो जो भी है आपका That's divine. divine? How can you hate something divine? Yeah, how can you dislike something that's divine? क्योंकि आपने तो फुली सरेंडर कर दिया फुली सरेंडर कर दिया तो आपने अपने आप को एक soul की तरह accept कर लिया जब आपने अपने आप को एक soul की तरह एक्सेप्ट कर लिया और आपने ये सरेंडर फुली कर दिया कि जो भी मेरे पास है जो भी मेरी एनर्जी है ऐसा मैं हूँ ऐसे मैं हूँ और अब मुझे अपने आप में अच्छे बदलाव लाकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है देन हाउ कैन यू हेट और डिसलाइक समथिंग अबाउट योरसेल्फ राइट आप अपने बारे में किसी भी चीज़ को नफरत या डिसलाइक कैसे कर सकते हो मुझे पता नहीं है आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड वाली वीडियो अभी तक देखी है या नहीं देखी है बट दैट्स वट इट इज राइट हम अपने आप को अपने फिजिकल बॉडी को अपने अपने आप ग्रेटिट्यूड का पहला स्टेप है राइट right? हम अपने आप को अपनी फिजिकल बॉडी को थैंक यू बोलते हैं अपने अपने आप को थैंक यू बोलते हैं और फिर उसके बाद हमें अपने आप में कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं तो हम थैंक यू किस को बोल रहे